दुर्ग से बिलासपुर होकर कटनी रूट पर चलने वाली सारनाथ अमरकंटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अब 24 अप्रैल से बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी रेलवे बोर्ड ने इन गाड़ियों को रायपुर से राधापारा बाईपास के बिन होते हुए सीधे उसलापुर से चलाने का फैसला लिया है इससे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर दबाव कम होगा और ट्रेनों को बिना किसी व्यवधान के व्यवस्थित चलाने में मदद मिलेगी पिछले कुछ सालों में बिलासपुर शहर का तेजी से विकास हुआ है शहर की भौगोलिक संरचना के हिस्से में नए रिहायशी इलाके भी जुड़ गए हैं ऐसे में उसलापुर और आसपास का इलाका भी शहर से जुड़ गया है यही वजह है कि रेलवे ने उसलापुर स्टेशन को जोनल मुख्यालय का उप स्टेशन के रूप में तैयार किया है इस स्टेशन को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है यहां काम होने के साथ ही रेल यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है यहां के रेल यात्री कई ट्रेनों में अब उसलापुर से ही यात्रा कर सकेंगे रेल यात्रियों की मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड की ओर से कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को 24 अप्रैल से उसलापुर स्टेशन में ठहराव देने का फैसला लिया है इसके साथ ही इन गाड़ियों को बिलासपुर स्टेशन के बजाय उसलापुर स्टेशन से ही चलाने की तैयारी की है अब बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी ये गाड़ियाँ छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और दुर्ग जम्मू तवि एक्सप्रेस अब बिलासपुर स्टेशन नहीं आएगी यह ट्रेनें रायपुर से दाधापारा बाईपास के दिन होते हुए उसलापुर की ओर चली जाएगी समय में भी किया गया आंशिक परिवर्तन गाड़ियों को अपने परिवर्तित मार्ग दाधापारा से उसलापुर होते हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जाएगा जिसकी वजह से उसलापुर स्टेशन सहित अन्य स्टेशनों की समय सारिणी में कुछ आंशिक परिवर्तन किया गया है यात्रियों को जाना होगा उसलापुर रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों का इंजन बदलने की परंपरा ही बंद करने के निर्देश दिए हैं ताकि ट्रेनों को अनावश्यक ज़्यादा समय तक प्लेटफार्मों पर न रोकना पड़े इसलिए ऐसे सभी स्टेशनों से बाईपास लाइन बनाने के निर्देश दिए गए थे अब इन ट्रेनों में सफर करने वाले सभी यात्रियों को उसलापुर रेलवे स्टेशन जाना होगा अब तक ये ट्रेनें रायपुर से बिलासपुर आकर उसलापुर होते हुए आगे जाती थी लेकिन लेकिन इनका स्टॉपेज उसलापुर रेलवे स्टेशन में नहीं था Osionfish. इन ट्रेनों में बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस बिलासपुर भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस बिलासपुर निवा, बिलासपुर एक्सप्रेस बिलासपुर चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस को उसलापुर से चलाने की तैयारी की जा रही है